सिंगरौली में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया कार्यक्रम को देखने बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंचे इस मौके पर कार्यक्रम 7 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम में विधायक रामल्लू बैस महापौर रानी अग्रवाल नगर निगम अध्यक्ष के साथ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे स्थापना दिवस आरोप कार्यक्रम एक नवम्बर ऐसी सात नवम्बर तक आयोजित होंगे जिसमे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेलकूद भी आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर राम लल्लू ने सभी को बधाई दी है उन्होंने कहा सिंगरौली विकास के नए आयाम रच रहा है यहां नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे सड़सठ वर्ष होने के फलस्वरूप प्रभात के साथ साथ विभिन्न योजनाओं को मुक्त रूप देने के साथ साथ साय काल में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन ऐसे अवसर पर मध्य प्रदेश के विकास की कड़ी को आप देखेंगे तो अनेकों आपको दिखेगा कि नया इतिहास होगा और सिंगरौली को तो मैं नया मानता हूँ कि नए विकास के रास्ते अनेकों प्रकार के आए अभी आ रहा है हमारा नया साल इसी वर्ष में मेडिकल कॉलेज माइनिंग कॉलेज की भोग पूजे महादीप होने जा रहे हैं आने वाले समय में और सबसे कृपया प्राप्त हो गई है इसलिए सिंगरौली जिला भी हमारा नंबर वन होगा आप देख रहे हैं रख ल्यू